नमस्ते और वापस स्वागत है स्ट्रक्चर और पॉइंटर पर आधारित दो लेक्चर का यह पहला पार्ट है यह कुछ टॉपिक्स जो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं उनका एक क्विक रिकैप है हमने स्ट्रक्चर के बारे में वेरिएबल्स एरेज और अन्य स्ट्रक्चर के कलेक्शन के रूप में अध्ययन किया हमने देखा कि किस तरह स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स और एरेज डिक्लेयर किए जाते हैं हमने यह भी देखा की स्ट्रक्चर के मेंबर्स को किस तरह एक्सेस किया जाता है पॉइंटर पर पिछले लेक्चर में हमने मेन मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन किया था विशेष तौर पर मेमोरी में लोकेशन और उनका एड्रेस और हमारे पॉइंटर पर लेक्चर में हमने पॉइंटर टू वेरिएबल और साथ ही साथ बेसिक डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर, फ्लोट कैरेक्टर और एरेस का अध्ययन किया था इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के पॉइंटर का और हम यह भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को पॉइंटर द्वारा किस तरह एक्सेस किया जाता है तो चलो मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन और मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को जल्दी से रिकॉल करते हैं तो मेन मेमोरी को फिजिकल स्टोरेज लोकेशन के सीक्वेंस के रूप में देख सकते हैं यह प्रत्येक लोकेशन वन बाइट या एट बिट्स को स्टोर करती है जैसा की यहाँ दर्शाया गया है प्रत्येक हॉरिजोंटल रेक्टेंगल को मेमोरी की एक लोकेशन के रूप में ले सकते है जो की एट बिट्स स्टोर कर रही है और यह एट बिट्स को उस लोकेशन का कंटेंट या वैल्यू भी कह सकते हैं प्रत्येक फिजिकल लोकेशन यूनिक एड्रेस द्वारा भी आइडेंटिफाइड होती है जिसे सीक्वेंस के के रूप में उस मेमोरी लोकेशन इंडेक्स के रूप में लिया जाता है उदाहरण के लिए यह विशेष लोकेशन का एड्रेस हेक्साडेसिमल में 409 है और उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट सभी जीरो है यदि आप हमारे पिछले व्याख्यानों को याद करें हमने कहा था कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या दूसरे शब्दों में जब प्रोसेस रन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी के पार्ट को एलोकेट करता है तो यही यह मेन मेमोरी है ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसके पार्ट को प्रोसेस द्वारा यूज के लिए एलोकेट किया होगा अब यह मेमोरी तीन सेगमेंट में विभाजित होती है कोड सेगमेंट जो की प्रोग्राम में एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है डेटा सेगमेंट डेटा के डायनेमिक एलोकेशन के लिए और स्टेक सेगमेंट जो की बेसिकली कॉल स्टेक को स्टोर करता है जिसमें सभी फंक्शंस के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है जिन्हें की प्रोग्राम में कॉल किया जाता है और प्रत्येक एक्टिवेशन रिकॉर्ड में यदि आप रिकॉल करें करस्पोंडिंग फंक्शन के सभी लोकल वेरिएबल्स के लिए उसमें मेमोरी लोकेशन होती है तो चलो जल्दी से देखते हैं मेन मेमोरी में स्ट्रक्चर किस तरह होता है तो यहाँ सिंपल प्रोग्राम है यह मेन फंक्शन है जिसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर डेटा टाइप माई स्ट्रक्ट टाइप को डिक्लेयर किया है इसके तीन मेंबर्स है जेड कैरेक्टर टाइप का है `x` और `y` `members int टाइप के हैं और फिर मेरे पास `mystruct टाइप स्ट्रक्चर टाइप का `p1 वन वेरिएबल है और मेरे पास `int टाइप का `a वेरिएबल है अब हम जानते हैं कि हर इंटीजर वेरिएबल को स्टोरेज की फोर बाइट्स की जरूरत होती है तो मैं मेन मेमोरी को देख सकता हूँ और यहाँ मेन मेमोरी तीन सेगमेंट में डिवाइड है कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट और स्टेक सेगमेंट ए मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ए के लिए मेमोरी एलोकेट होगी जब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेन कॉल होगा और यह एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टेक सेगमेंट में कॉल स्टेक में रहेगा तो इसलिए ए के लिए मेमोरी स्टेक सेगमेंट में एलोकेट होगी और क्योंकि हमें 4 बाइट्स की जरूरत है और क्योंकि मेन मेमोरी की हर लोकेशन केवल 1 बाइट स्टोर करती है हमारे पास 4 कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन एलोकेट है इंटीजर वेरिएबल ए के लिए अब हमें वेरिएबल पी के लिए कितने स्टोरेज की जरूरत है यदि आप माइस्टक टाइप के डेफिनेशन को देखें आप देखेंगे मुझे मेंबर z के लिए मेंन बाइट की जरूरत है और मुझे x और y दोनों मेंबर्स के लिए फोर बाइट की जरूरत है इसलिए मुझे टोटल नाइन बाइट की जरूरत है एक बार पुनः यह मेन के लोकल वेरिएबल होने के कारण इसके लिए स्टोरेज मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एलोकेट होगी जो कि कॉल स्टेक में स्टोर होगा जो कि स्टेक सेगमेंट में रहता है तो स्टेक सेगमेंट में मेरे पास p1 के लिए स्टोरेज है और उस स्टोरेज में पी वन के लिए मेरे पास बाइट रिजर्व होगी और पी वन और पी वन प्रत्येक के लिए फोर बाइट्स रिजर्व होगी नोट करें कि मैं यहां कह रहा हूं कि यह P1 के लिए एलोकेट हुई मेमोरी का अमाउंट है जबकि पी वन को यहां वन बाइट की जरूरत है पी वन और पी वन को प्रत्येक जगह में फोर बाइट्स की जरूरत होती है तो यहाँ अभी भी कुछ गैप है तो यदि आप सोच रहे हैं की ये गैप या पेंडिंग क्या है सिर्फ थोड़े स्लाइड्स तक इंतजार करें तब तक नोट करें कि क्योंकि p1 और a दोनों मेन लोकल के वेरिएबल्स हैं इसलिए p1 और a दोनों के लिए मेमोरी कॉल स्टेक जो कि स्टेक सेगमेंट में रहता है उसमें मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एलोकेट होगी अब इस गैप और पेंडिंग के बारे में थोड़ा ज्यादा समझने के लिए यहाँ पहले आपको यहाँ पूछना चाहिए की हम सुरक्षित रूप से क्या मान सकते हैं स्ट्रक्चर के मेमरी ले के बारे में जब मेरे पास प्रोग्राम में स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है तो यहाँ माइस्ट्रक टाइप स्ट्रक्चर टाइप है और यहाँ वेरिएबल्स हैं और यहाँ मेमोरी लेआउट जिसे हम पहले देख चुके हैं जब C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर के मेमोरी लेआउट के बारे में क्या सुरक्षितता से मान सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए एलोकेटेड मेमोरी में डिफरेंट मेंबर के रिलेटिव लेआउट के बारे में हमें कोई एजम्स नहीं बनाने चाहिए तो जब यह मान लेना उचित हो सकता है कि पी वन के लिए मेमोरी तुरंत पी के पहले एलोकेट होगी और फिर उसके बाद पी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी क्यूँकी वे माइस्ट्रक टाइप के डेफिनेशन में उसी क्रम में आते हैं इसलिए यह सेफ नहीं है कि जब आप C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यह मान ले कि यह सामान्य है तो हम कोई एजम्पन्स नहीं बनाएंगे कि P1 .Z, P1 .X के पहले आएगा और वह पी वन के पहले आएगा हम मेन मेमोरी में स्ट्रक्चर के लेआउट के बारे में कोई एजम्शन नहीं बनाएंगे हम वहां कोई पेंडिंग या गैप होने के बारे में या स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर के लिए लोकेशन एलोकेट होने के बाद अनयूज मेमोरी लोकेशन होने के बारे में भी कोई एजमशन नहीं बनाएंगे उदाहरण के लिए हम नहीं मानेंगे कि वहां पी वन के लिए एलोकेटेड लोकेशन और पी वन के लिए एलोकेटेड फर्स्ट लोकेशन के बीच कोई गैप या अनयूज मेमोरी लोकेशन है इसी तरह हम नहीं मानेंगे कि वहां पी वन के लिए एलोकेटेड लास्ट लोकेशन और पी वन के लिए एलोकेटेड फर्स्ट लोकेशन के बीच कोई गैप या पेंडिंग या अनयूज मेमोरी लोकेशन है उदाहरण के लिए जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का संबंध है इसे माईस्ट्रक टाइप के लिए पूरी तरीके से उचित मेमोरी लेआउट होना चाहिए तो हम स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर के लिए एलोकेटेड मेमोरी एलोकेशन के बीच गैप और पेंडिंग्स की एब्सेंस या प्रेजेंस के बारे में कोई एजेंशन नहीं बनाने चाहिए हालांकि हम मान सकते हैं कि विशेष मेंबर जैसे कि पी वन के लिए एलोकेटेड मेमोरी लोकेशंस कंटिन्यूस होगी उनका कंजिकटिव एड्रेस होगा तो उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि पी वन चार कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर होगा और इसी तरह पी भी चार कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर होगा हम मान नहीं सकते और हमें नहीं मानना चाहिए कि पी वन और पी वन के बीच कोई गैप या पेंडिंग नहीं होगी और इसी तरह हमें नहीं मानना चाहिए कि पी वन एड्रेस स्पेस में पहले स्टोर होगा फिर पी वन स्टोर होगा अब हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर मेमोरी में किस तरह रखे जाते हैं और हम इनके बारे में क्या मान सकते हैं और क्या नहीं मान सकते हैं चलो देखने की कोशिश करते हैं हम किस तरह मेमोरी में स्ट्रक्चर के एड्रेस को फाइंड करवाते हैं और हम किस तरह मेमोरी में इन एड्रेसेस को इन स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं अब यदि आप रिकॉल करें हमारे पास एंड और स्टार ऑपरेटर थे जिसे हमने बेसिक डेटा टाइप के वेरिएबल्स के साथ यूज किया था उदाहरण के लिए यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम फ्रेगमेंट है और यहाँ इंड स्टार बेसिकली पॉइंटर डेटा टाइप को रेफर कर रहा है स्पेसिफिकली इंटीजियर डेटा टाइप के लिए पॉइंटर और यहाँ असाइनमेंट स्टेटमेंट में एंड ए कंप्यूटर से वेरिएबल ए का स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस लेने को कह रहा है जो कि type का है। क्योंकि वेरिएबल ए इन टाइप का है हमें ए की वैल्यू स्टोर करने के लिए फोर लोकेशन की जरूरत होगी तो एंड ए हमें वेरिएबल ए का स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस देगा और वह पी टी ए में असाइन होगा और इसी तरह जब हम स्टार पी ए कहते हैं हम कंप्यूटर को कह रहे होते हैं कि मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को देखो जिसका स्टार्टिंग एड्रेस पी टी द्वारा दिया गया है और हमें इन कंटेंट को इंटीजर के रूप में लेना चाहिए क्योंकि क्यूँकी इंटीजर के लिए पॉइंटर है कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन तो में इंटीजर के रूप में कह रहा होता हूँ जिसका स्टार्टिंग एड्रेस पीटीआरए द्वारा दिया गया है और उन मेमोरी लोकेशन के वह कंटेंट की वैल्यू टेन से अपडेट होनी चाहिए अब सी में हम एंड और स्टार ऑपरेटर को स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के साथ भी उसी तरह यूज कर सकते हैं तो यहाँ एक छोटा सा C++ प्लस प्लस प्रोग्राम फ्रेगमेंट है एम जो कि एंड और स्टार ऑपरेटर को स्ट्रक्चर टाइप के साथ यूज कर रहा है तो यहाँ माइस्ट्रक टाइप है जैसा कि हमने पहले देखा था p1 वन माइस्ट्रक टाइप स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है ptr p1 वन वेरिएबल है जो कि की माइस्टाइप के लिए पॉइंटर टाइप का है तो जैसा int स्टार कहता है कि यह इंटीजर के लिए पॉइंटर है To an तो my type star कहता है है। है कि यह my type के लिए है. My struct type type है और माइस्ट्रक टाइप स्टार उस स्ट्रक्चर टाइप के लिए पॉइंटर है इसी तरह जब हम कहते हैं एंड पीवन हम कह रहे हैं वेरिएबल पीवन के स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस लो इस केस में वह माइस्ट टाइप का होगा और इसी तरह जब हम स्टार पीटीआर पी वन कहते हैं हम कंप्यूटर को उस असाइनमेंट स्टेटमेंट द्वारा उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट्स अपडेट करने के लिए कहते हैं जिसका एड्रेस स्टार्टिंग लोकेशन पीटीआर पी वन द्वारा दिया गया है और यह कंटेंट्स माइस्ट्रक टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को रखते हैं क्योंकि पीटीआरपी को माइस्ट्रक टाइप के पॉइंटर के रूप में डिक्लेयर किया गया है इसलिए स्टार पीटीआर पी को माइस्ट्रक टाइप के ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए और हमें मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को जिसका स्टार्टिंग एड्रेस पीटीआरपी वन द्वारा दिया गया है माइस्ट्रिक टाइप के ऑब्जेक्ट की वैल्यू के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए तो इस में, के को किया गया है। हम स्ट्रक्चर के इनिशियलाइजेशन को पहले देख चुके हैं इसका मतलब है कि स्टार पीटीआरपी वन ऑब्जेक्ट का जेड में सी और एक्स और वाई के लिए इनिशियलाइज होगा स्टार पी टी आर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स एक्स और वाई टू एंड थ्री से इनिशियलाइज होंगे अब हमने देखा था कि स्ट्रक्चर के एड्रेस को किस तरह फाइंड किया जाता है उन एड्रेसेस को किस तरह डी किया जाता है हम पूछना चाहते हैं कि क्या हम उस स्ट्रक्चर के पॉइंटर द्वारा जैसे कि ptr p1, आर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि पी वन इसका उत्तर हाँ है और क्योंकि स्टार पी टी हमें अनुमति दे रहा था कि उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्सेस करो जिसका स्टार्टिंग एड्रेस p1 वन द्वारा दिया गया था और यह कंटेंट्स माइस्ट टाइप टाइप के ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सेस किए गए थे। तो मैं यहां स्टार PTR P1. X कह सकता हूं और मैं आर पी वन ऑब्जेक्ट के एक्स मेंबर को एक्सेस कर रहा होऊंगा। तो मेरे पास हूँ और इसे वन प्लस स्टार पीटीआर पी वन ऑब्जेक्ट के वाई मेबर वैल्यू से अपडेट कर रहा हूँ अब सी प्लस प्लस में इसे रीड करने का तरीका है की स्टार ptr p1 वन माइस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है तो स्टार ptr पी वन डॉट उस ऑब्जेक्ट x का है, और C++ वास्तव में इस प्रकार की सिचुएशन के लिए अलग से ऑपरेटर प्रोवाइड करता है उदाहरण के लिए स्टार ptr टी आर पी यह कहने के बजाय मैं स्टार ptr p1 वन हाइफन ग्रेटर कह सकता हूँ स्टार ptr टी आर पी कहने के बजाय मैं ptr p1 वन हाइफन ग्रेटर कह सकता हूँ तो सामान्यतः पी टी आर वार हाइफन ग्रेटर देन के समान है बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल को डीरेफरेंस करना और पूरे स्ट्रक्चर को फाइंड करना जिसे पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है और फिर उस स्ट्रक्चर के मेंबर नेम को एक्सेस करना तो यह हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है जिसमें मैंने स्टार पी टी को सी के लिए इनिशियलाइज किया है और फिर स्टार पी टी में वन एड किया है और स्टार ptr टी आर पी को अपडेट करने के लिए यूज किया है यहाँ पूरी तरह से बराबर कर प्रोग्राम है जहाँ मैंने p1 के z, x और y मेम्बर्स को एरो ऑपरेटर यूज करके इनिशियलाइज किया है तो ptr p1 को p1 का एड्रेस असाइन है और फिर मैं इस मेम्बर में एरो ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ ptr p1 वन हाइफन ग्रेटर देन असाइन है c ptr p1 वन हाइफन ग्रेटर देन असाइन है PTR P1 greater than y assign है. थ्री यह पी को इनिशियलाइज करेगा z के लिए c, x के लिए 2 और y के लिए 3 वैल्यू और फिर इसे यूज करने के बजाय स्टार पीटीआर पी वन और स्टार पी टी आर पी इस असाइनमेंट स्टेटमेंट को इस तरह के एरो ऑपरेटर्स यूज करके रीराइट कर सकता हूँ यह दो पूरी तरह से फंक्शनली इक्वेलेंट प्रोग्राम फ्रेगमेंट हैं. तो सारांश में इस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर डेटा टाइप के वेरिएबल के लिए पॉइंटर के बारे में अध्ययन किया हमने स्ट्रक्चर के साथ एंड और स्टार ऑपरेटर के यूज को भी देखा और हमने पॉइंटर के द्वारा स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर के यूज को भी देखा धन्यवाद